हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है अच्छा uh, कर, आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे लगे और थोड़ा चैनल को चलाने के लिए आपकी सपोर्ट भी चाहिए लाइक करो सब्सक्राइब करो uh, फ्रेंड मैं आपको आज नए नए फिल्म जो कि आपको पेड करना पड़ता है देखने के लिए वो आपको फ्री कैसे देखेंगे वो आप मैं आपको आज बताऊंगी मार्केट में एप्लीकेशन मार्केट में नया नया जैसे नेटफ्लिक्स और आ, आ, वैसे ही एप्लीकेशन आ रहा है वो फिर पेड करके आप फिल्म सब देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो वेबसाइट में बताऊंगा वहाँ पर आप फ्री में वो फिल्म आप देख सकते हैं वो भी रिलीज के एक दिन के बाद जरूर आप जाएंगे आपको मोबाइल या कंप्यूटर कम्प्यूटर में जाकर क्रोम ओपन करिए गूगल के, के, के सर्च पर में डायल करिए हिंदी लिंक फॉर यू ये जो आप है ये वेबसाइट ये थोड़ा ट्रैफिक देता है और पप पॉप पप पोहत आता है उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे क्या है वो में अगर देख रहे हैं तो नगर थोड़ा है उसको आप इंस्टॉल करके भी देख पिछले वाला वीडियो में मैं डाला था कैसे करेंगे वो आप देख लेंगे तो जान जाएगी तो ये जो हिंदी लिंक यू का फास्ट लिंक है वहीं पर क्लिक करेंगे आप देखिए रिलीज डेट रील देखे देखिए राधे फिल्म आ गया है ताना फिल्म आ गया है चलाने के लिए लेटेस्ट लेटेस्ट मूवी मूवी है कौन सा मूवी है इस सारे टाइप का मूवी आ जाएगा आपको यहाँ पर आप एंजॉय भी कर सकते हैं हिंदी डब ए टू जेड मूवी भी देख सकते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको इस रियल वाइज भी आप फिल्म देख सकते हैं बहुत सारा हिंदी डॉक् मूवी है ऑनली हिंदी डॉब हिंदी लैंग्वेज में ही है और सीरीज भी है अमेजोन प्राइम नेटफ्लिक्स चलिए हम आपको राधे फिल्म चला के और दिखाते हैं आपको यकीन नहीं होगा पूरा एच डी क्वालिटी के आप वीडियो पा जाएंगे यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर ये जो लिंक है वहीं पर ये है तो ऐड आएगा नेगेटिव ऐड आएगा तो वह इसको इग्नोर करिए ये थोड़ा साइड है, और आप ये देखिए राधे 2011 थाउजेंड इलेवन यहाँ पर पॉपअप आ रही है, सात सौ पिक्सल एम फॉर्मेट में है ये और ये आप एचडी में भी देख सकते हैं और ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं थोड़ा रोकिए देखिए सारा पप्पा आ रहे है ये देखिए सब है फिल्म हमारा हमारा फिल्म स्टार्ट हो गया अब अभी मैं दिखा नहीं सकता आप खुद ही जाके देखिए मैं आगे कह दे रहा हूँ 温度挺